तो उम्मीद है कि आप सब शी हल के नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेकरार हैं। तो इस एपिसोड की कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे जिससे आपका प्यार हमारे चैनल को मिल सके अब लाइक भी कर दो यारो अच्छी चीजों को इग्नोर नहीं करते तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी एडवर्टीजमेंट ऐसी जिसमे हम टाइटेनिया को देखते है जिसने शी हल के नाम को ट्रेडमार्क करवा दिया है और बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट को शी हल के नाम ऐसी लॉन्च कर दिया और मैं आपको बता दू की पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था की टाइटेनिया ने जेनिफ पर पर ये केस कर दिया था कि शी हल्क का नाम उसका है और जेनिफर उसके नाम को यूज कर रही है और अब इस केस को जेनिफर हार चुकी है तो कानूनी तौर पर शी हल्क का नाम टाइटेनिया को हो चुका है जेनिफर भी ये देखकर हैरान थी कि शी हल्क का नाम यूज करके टाइटेनिया बहुत पैसे छाप रही है इन्फ्लुंसर होने का फायदा वो बहुत अच्छे से उठा रही है और शीहल प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि शी हल्क की शीहल के प्रोडक्ट्स और टाइटेनिया के पोस्टर पूरे शहर में छप चुके थे जेनिफर टीवी में शीहल्क एड्स सड़कों टाइटेनिया के पोस्टर और कार में टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर परेशान थी वहीं पर घर पर उसका जीनियस भाई चेड आता है आपको तो ये जीनियस इंसान याद ही होगा जो एक शॉप का मैनेजर भी है और वो यहाँ पर जेनिफर शी हल के प्रोडक्ट पर उसका ऑटोग्राफ लेने आया है जिससे उसकी शॉप की सेल्स और बढ़ जाएगी आरोप जैनी उसे समझा देती है की शीहल का नाम टाइटेनिया ने ट्रेड करवा रखा है तो ये मंद बुद्धि चैट भी को ज्ञान देकर चला जाता है की वो इतनी बड़ी वकील है तो उसे ये ख्याल क्यूँ आया की उसे शीहल का नाम ट्रेड करवा लेना चाहिए पहले तो जेनी हल के नाम से चिड़ती थी पर अब शी हल का नाम खो देने पर उसे ये एहसास होने लगता है कि शी हल नाम उसका है थैंक्स टू टाइटेनिया वही आरोप टाइटेनिया अपने हल के प्रोडक्ट्स से इतने पैसे बना रही थी कि अब शी शीहल एक ब्रांड बन चुका था और शी हल के नाम से उसने शहर में कई सारे शोरूम्स भी खोले हैं और उन्हें शोरूम्स में ऐसी एक में वो आज अपने फैंस ऐसी मिलकर खरीदे गए प्रोडक्ट आरोप ऑटोग्राफ दे रही है मार्केटिंग लेवल देख रहे हैं दोस्तों वेल तो जेनी और निकी भी यहाँ पर पहुँच गए थे टाइटेनिया को ये समझाने के लिए कि वो शीहल्क का नाम यूज ना करे और टाइटेनिया उन दोनों को झाड़ देती है क्योंकि वो जेनी से कोर्ट में जीत चुकी है और अब ऑफिशियली शी हल्क नाम उसका है और, तो और वो से फोटो भी क्लिक करवाती है की वो अब शीहल है टाइटेनिया ऐसी कर दोनों ऑफिस है वैसे शीहल्क ने अभी टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट का पेज खोला हुआ है और खुद के मन की शांति के लिए वो निकी को समझा रही है की अब उसे फर्क नहीं पड़ता की टाइटेनिया ने उसका नाम चुराया है क्यूँकी शीहल्क नाम उसे शुरू ऐसी पसंद नहीं था वो तो लोग बस उसे हल्क नाम से बुलाने लगे थे पर असल में ये आपको मुझे और निकी को भी पता है कि जैनिक को फक पड़ रहा है क्योंकि कोई छपरी उसके नाम का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है वैसे शीहल होने पर जैनिक को फायदा तो होता है शीहल की वजह से उसके पास जॉब है कमाल के बाल है साथ ही में पीने के बाद उसे हैंग भी नहीं होता और तो और वो रात को बारह बजे हेडफोन लगा बिना किसी डर के घर ऐसी बाहर जाती है अब ये सारी बातें किसी आम लड़की के लिए किसी सपने की तरह होती है तो निकी उसे खुद को छोटी तसली देने को बोलकर वहाँ ऐसी चली रहती है पर शी शीहल इतना गुस्सा थी कि उसने स्टेपलर को स्ट्रेस समझकर दबा दिया जिससे उस स्टेपलर का कचूमर निकल गया था उधर निकी भी टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देख रही थी क्योंकि उसने उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ज्यादा रखे थे तभी वहाँ पर पग आकर निकी ऐसी मदद मांगता है वैसे पक को आयरन मैन थ्री के न्यू लॉन्च हुए स्निकर्स लेने थे पर दिक्कत ये थी की एक आदमी को एक जोड़ी स्निकर ऐसी मिल सकते हैं तो वो निकी को अपने साथ ले जाकर आयरन मैन थ्री के स्पेशल एडिशन की दो जोड़ी स्निकर लेना जाता था एक जोड़ी वो यूज करेगा और दूसरी जोड़ी वो एस आर रेयर कलेक्शन के तौर पर रखेगा वैसे पक के पास और भी कई सारी रेयर चीजें हैं जैसे कि सुपर हीरो के क्लोथ्स। ये सारे रेयर कलेक्शन उसे उसके डिप ब्रोकर एलोन्सो से मिले हैं एलोन्सो वो शख्स है जिसके पास फैशन की सभी चीजें उपलब्ध है ये सुनकर निकी की आँखें चमकती है क्यूँकी उसे किसी बंदे ऐसी शीहल के लिए सुबह वाले कपड़े बनवाने थे पक को एलोन्सो पूरा भरोसा था की वो शीहल के लिए कपड़े बनाने वाले को ढूंढ लेगा तो निके पग पहले उसकी मदद करने को बोलती है जिसके बाद वो उसके साथ आयरन मैन थ्री के स्नेकर्स लेने जाएगी दोनों में ये डील हो जाती है वहीं पर हम शीहल को देखते हैं जो टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर खुद को दिलासा देने में लगी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता उधर निकी और पग दोनों एक बाबा कैफे के सामने आए थे क्यूँकी एलोन्सो ने उन्हें यही आरोप भेजा था ये बोलकर की इस बाबा कैफे में उन्हें सुपर ह्यूमन के कपड़े मिलेंगे अब दोनों एक कोरियन बंदे ऐसी मिलते है वैसे पूरे कैफे में बस ये दोनों ही थे पग उस बंदे को बताता है की उसे उसके ड्रिप ब्रोकर एलोन् यहाँ पर भेजा है सुपर हीरो माल के लिए जिसका जवाब वो कोरियन बंदा नहीं देता तो निकलिए चाइनीज में उससे बोलती है कि वो पुलिस वाले नहीं है तो वो उन्हें बताता है कि वो चाइनीज नहीं है और फिर वो उन दोनों को अपने खुफिया कमरे में लाता है जहाँ पर उसने एक कपोर्ट में कैप्टन अमेरिका की नकली शीट थार का हथौड़ा और फालतू के एवेंजर्स की टी शर्ट रखे थे जिस पर एवेंजर्स की स्पेलिंग भी गलत दिखी हुई थी वह कैप्टन की शीट और थौर का हथौड़ा साथ में लेकर कोरियन बंदे को समझाता है की उन्हें अस्थि सुपर हीरो बनाने टेलर का पता चाहिए इस दौरान पग शीर और हथौड़े को साथ में यूज कर रहा था भाई सच बता रही हूँ ये देखकर तो एंड गेम का वो सीन याद आ गया था जब कैप्टन ने हथौड़े को समन किया था अब भी स्टोरी उस कुरियन बंदे को एक ऐसे टेलर के बारे में पता तो था जो सुपर हीरो के लिए कपड़े बनाता है पर वो टेलर बहुत बिजी रहता है तो उसके हिसाब ऐसी उम्मीद कम है की वो टेलर उनसे मिलेगा एड्रेस के बदले उन दोनों को उसकी फालतू के टी शर्ट और कैप्स खरीदने पड़ हैं। दोनों उस टेलर का एड्रेस लेकर कोरियन को उसकी एडवाइस उसके पास रखने का ज्ञान देकर वहाँ से निकल जाते हैं आगे हम निकी और पग को एक एडवांस गेट के सामने देखते हैं वो बाहर से ही टेलर को बताते हैं कि उन्हें उनके क्लाइंट के लिए कपड़े चाहिए पहले वो टेलर उन्हें वहाँ से भगा देता है क्यूँकी उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था पर जब वो दोनों टेलर को बताते हैं की उनका क्लाइंट एक एवेंजर है तो वो टेलर उन्हें अपॉइंटमेंट दे देता है अपॉइंटमेंट मिलने की खुशी में दोनों डांस कर रहे थे तो टेलर उन्हें वहाँ ऐसी जाने को बोलता है क्यूँकी उनके अजीब ऐसी डांस को वो अपनी सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था उधर ऑफिस में शी हल की क्लास हॉलीवे लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने आज बिल बोर्ड शी हल के नाम का बड़ा सा पोस्टर देखा जिसमे तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही थी शी हल को नहीं समझाती है कि ये सब टाइटेनिया ने किया है तो हॉलीवे उसे समझाते हैं की उन्होंने उसे एज अ शीहल्क इस लॉ फॉर्म में काम आरोप रखा था और शीहल की उनके सुपर ह्यूमन क्राइम डिविजन का चेहरा है तो अगर जैन एक वकील होकर अपनी आइडेंटिटी तक को नहीं बचा सकती तो वो उसे एज अ वकील कैसे रखेंगे ये सुनकर तो शीहल का दिमाग पूरी तरह ऐसी टाइटेनिया पर खराब हो जाता है और मिस बुक के पास जाकर टाइटेनिया पर वो केस करने को बोलती है लॉ के अनुसार एक वकील अपना केस खुद नहीं लड़ सकता इसलिए शी हल्क ने मिस बुक की मदद ली बात करें मिस बुक की तो वो एक यंग कॉन्फिडेंट स्टाइलिश फैशन फैशनेबल और स्मार्ट वकील है तो सबसे पहले मिस बुक शीहल को अपना क्लाइंट बनाकर उससे सीधा सा सवाल करती है की उसने अपना नाम ट्रेड मार्क क्यों नहीं करवाया क्यूँकी शीहल के दिमाग में ये बात आई ही नहीं की उसे अपना नाम ट्रेड भी करवाना होगा मिस बुक शीहल की परेशानी और ना को समझ जाती हैं और टाइटेनिया पर दोबारा केस करती हैं कि टाइटेनिया ने शी हल्क का नाम जिस डेट को ट्रेडमार्क करवाया था उस डेट से पहले ही शी हल्क का नाम उसका नहीं मिस जेनिफर वॉल्टर का था टाइटेनिया ने रियल शी हल्क से उसका नाम चुराया और यूज करके खूब पैसे छापे प्लान तो तगड़ा था आरोप मिस बुक को बुलाकर श्री हल्क के सूट को ठीक करवाने को बोलती है तो निकी बताती है की उसने सुपर हीरोमेंट पहले ही ले रखी है अब सीन आता है कोर्ट का जहाँ आरोप टाइटेनिया का वकील जज ऐसी इस केस को एक टाइम पास बताता है क्यूँकी शीहल के नाम का ट्रेडमार्क टाइटेनिया के पास है पर मिस बुक अपने दलील में जज को बताती है कि जब जेनिफर वॉल्टर पहली बार हर्क बनकर लोगों के सामने आई तो लोगों ने उनका नाम शी शीहल रद दिया जिसके सबूत वो जज को भी देती है और वो टाइटेनिया पे केस करती है कि उसने शी शीहल का नाम अपने नाम आरोप ट्रेड करवाया और बिना एफ प्रूफ प्रोडक्ट्स को शीहल के नाम आरोप बेचा अपने प्रोडक्ट की बेजती सुनकर टाइटेनिया भड़क जाती है क्यूँकी उसके प्रोडक्ट्स की रेटिंग फाइव स्टार की है मैं आपको बता दू की ये सारे इन्फ्लुसर पेड रिव्यू डलवाते हैं खास की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जस्ट टाइटेनिया को कोर्ट में उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने से मना करती है और तब उसका वकील उन्हें शी हल्क का एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें शी हल्क मीडिया वालों को बता रही है कि शी हल्क नाम उसका नहीं है और उससे हल्क नाम से नफरत है और उस वकील के हिसाब ऐसी वॉल्टर को शी हल्क नाम ऐसी लगाओ तब ऐसी होने लगा था जब ऐसी टाइटेनिया ने शीहल नाम को अपने नाम ऐसी ट्रेड करवा लिया वकील की बात ऐसी मैं आप सब और जज भी सहमत है तब मिस हम सब सामने उस इंटरव्यू को पेश करती है जिसमे एक टीवी इंटरव्यू में शी हल्क अपना नाम कबूल करती है ये कहते हुए कि लोगों ने उसे शी हल्क का नाम जबरदस्ती दिया है पर जब लोगों ने उसे ये नाम दिया है तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी और अब ऐसी शी हल्क है ये सुनकर तो जज के साथ मेरा भी मन बदल जाता है और जज में इस बुक को और सबूत पेश करने के लिए बोलती है जो ट्रेड डेट ऐसी पहले ये प्रूफ करती है की जेनिफर वॉल्टर ही शीहल्क है कोर्ट ऐसी निकलने के बाद शीहल्क निकी के साथ सीधे डिजाइनर के पास जाती है क्यूँकी आज ही उसका अपॉइंटमेंट था अंदर जानपर की मुलाकात फेमस डिजाइनर लियुग होती है ल्यूक भी शिहल को देखकर कर था अब जब ल्यूक को पता चलता है कि शीहल कभी एवेंजर का हिस्सा नहीं बनी है तो वो भड़क जाता है पर्णियों उसे समझा देती है कि ये हल्क की बहन है और जल्द ही शीहल्क एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी बस पेपर्स साइन होने बाकी हैं। नेपोरिज्म पर अब ल्यूक को भी यकीन था तो वो की बातों पर भरोसा कर लेता है और शीहल्क ऐसी पूछने लगता है की कि उसे किस टाइप का सूट चाहिए जैसे में वॉटर प्रूफ या कोई हथियार रखने वाला सूट बस शीहल को एक नॉर्मल सूट चाहिए था नॉर्मल सूट के बाद सुनकर ल्यूक उन दोनों को अपनी शॉप ऐसी भगाने लगता है क्योंकि उसे नॉर्मल चीजें बनाना पसंद नहीं है क्योंकि उसे उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है जिसमें कोई चैलेंज ही न हो पर्ने उसे शांत करवाकर शी शीहल को जेनिफर में बदलने को बोलती है जेनिफर बनते ही शी शीहल के सूट में वो डूब जाती है अभी उसको जेनिफर में एक नया चैलेंज दिख रहा था तो वो सूट बनाने के लिए मान जाता है और अपने स्ट्रेच फूल का एक बड़ा ऑर्डर देने को बोलता है वापस लोफर्म आने आरोप वो दोनों मिस बुक के फैशन सेंस और उसके कपड़ो को देख जलती है ट्रस्ट में ये बातें सभी लड़कियों में कॉमन है भले ही वो सुपर रहो या फिर मेरी तरह एक यूट्यूब तभी उन्हें मिस बुक के पास वही चोमू मिलता है जो कि शी शीहल्क को डेट वाली रात में मिला था जहां वो शी शीहल्क को यही बात बताकर बोर कर रहा था कि उसका वो कितना बड़ा फैन है जैसे इस चोमू का नाम टोड है और ये मिस बुक का सबसे बड़ा क्लाइंट है टोड शीहल को वापस ऐसी डिंक आरोप चलने को बोलता है तो शी हल्क उसे हाँ बोल देती है पैसे का चक्कर भाई लोग अब वहाँ पार्क में फ्रूट सैलड खाते हुए दोनों सहेलियाँ ये डिस्कस कर रही थी की कैसे शीहल्क ने एक ही रात में बहुत सारे नमूनों को डेट किया इन्हीं बातों के दौरान जेनी को चमकता है की ट्रेडमार्क मार्क के डेट के पहले ही उसने डेटिंग ऐप पर शीहल के नाम से प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे नमूनों ऐसी ऐसे शीहल्क बनकर मिली थी ये बातें कोर्ट में सबूत के तौर पर यूज किए जा सकते हैं बस उन्हें सभी नमूनों को कोर्ट में लाकर उनसे गवाही दिलवानी होगी अगले दिन कोर्ट में मिस बुक जज को बताती है की ट्रेड की डेट ऐसी पहले वॉल्टर ने शीहल नाम को अपना लिया था और उसने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल भी बनाई नाम और फोटो दोनों शीहल के है सबूत के तौर पर उन सभी नमूनों को कोर्ट में बुलाया जाता है जिन्होंने शीहल्क को पहले डेट किया था पहला बंदा गवाही देता है कि शीहल की डुअल पर्सनालिटी को देखकर उसने शीहल को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे नॉर्मल लड़की चाहिए थी वहीं दूसरा बंदा जो की राइटर था वो भी अपनी गवाही में शीहल की बेइज्जती करता है पर वो ये मानता है कि उस रात वॉल्टर खुद को शीहल के नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रही थी टॉट भी ये मानता है कि शी की शीहल ने अपने नाम को अपना लिया था और एंड में वो बंदा जिसने शीहल के साथ हुआ था तो वो बताता है कि शी की शीहल की वजह ऐसी वो उस रात उसके साथ था अगर शीहल की जगह जेनिफर रहती तो वो कभी भी उसके साथ नहीं होता सारे गवाहों से शीहल की बेसती सुनने की बाद जज फैसला मिस बुक के पक्ष में करती है और टाइटेनिया के सभी शी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाता है छपरी इन्फ्लुएंसर की बैन शी शीहल्क ने एक बार और बचा दी सभी इन्फ्लुएंसर की तरह टाइटेनिया भी शी हल्क से मिलकर उसे बोलती है कि वो उसे बाद में देख लेगी पर इन्फ्लुएंसर का ये बाद वाला वक्त सिर्फ फील में ही आता है रियल में नहीं कोर्ट के बाहर मिस बुक जेनिफर को सलाह देती है की अंदर उन सभी लोगो ने भले ही उसकी बुराई की हो पर उसे उन सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा अब लगता है की मानो मिस बुक और शी हल्क में दोस्ती गई हो और आगे हम मिस बुक और जेनिफर को बार में देखते हैं जहाँ पर दोनों इस बात पर हंस रहे थे कि शी हल्क के पास सुपर पावर्स हैं फिर भी उसे लूजा की मदद लेनी पड़ रही है ट्रिंक के बाद मिस बुक को ढंग के कपड़े पहनने की एडवाइस दोबारा देती है तब उसे याद आता है कि आज उसका सूट मिलने वाला है तो आगे हम शीहल कोलियुक के शॉप में देखते हैं जहाँ पर लोग उसे उसका सूट ट्राई करने को बोलता है जो शीहल को बहुत पसंद आता है साथ में उसे एक और सुपर हीरोस्ट्यूम ट्राई करने को देता है जिसे पा कर शीहल शौक थी लेकिन अफसोस की बात यह है की हमें शीहल के नए सूट के दर्शन नहीं होते पर, पर वहीं पर युक के शॉप में हम एक डिब्बे में डेयर डेबिल का मास्क एक बॉक्स में देखते हैं और कोने में वॉन्ग का जैकेट भी था तो गायन शो में डेयर डेबिल से कुछ रिलेटेड दिखा और यहीं पर ये यह एपिसोड एंड हो जाता है और इस एपिसोड में कोई भी एंड क्रेडिट सीन नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप मुझे कमेंट में बताए की मार्बल वाले कब तक हमारे पेशेंट का टेस्ट लेंगे डेयर टेबिल के आने का इंतजार जारी रहेगा तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियोज को इंजॉय करे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय